अरे भाई ये क्या चल रहा है हेलो एवरीवन आज है दिवाली और आप सबको मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली चार के आसपास हो रहा तो का है तो मैं सूट कर रहा हूँ सुबह से घर का काम करके बहुत थक चुके हैं तो अभी फाइनली ब्लॉगिंग करने का टाइम मिल चुका है तो अभी चलो मिलते हैं सीधे रात में तो अभी चलते हैं क्रैकर्स वन करने तो चलो चलते हैं माकसम जल, अरे ब्लॉगिंग इसका नहीं किया। चल, चल, चल। आहा। तो अरे बहुत चुके हैं इसका रिसोर्ट बर्न करने तो ये है हमारे टीममेट्स आप देख सकते हैं अरे भाई ये क्या चल रहा है तो चलो स्टार्ट करते हैं उधर बना हमको क्या बना रहा है ये तो होगा पे वही ठीक